सिंगरौली में पक्के मकान की छत ढलाई के दौरान अचानक सेंटरिंग सहित दीवार गिरने से एक दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है सिंगरौली में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई के दौरान अचानक सेंटरिंग सहित तो दीवार गिर गई जिसमें एक दर्जन से ज्यादा मजदूर दब गए आस के लोगों द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया सात लोगों को पुलिस के वाहन से जिला अस्पताल बेड़न में उपचार हेतु रवाना किया गया बताया जा रहा है कि घायलगढ़ पश्चिम के निवासी रामसागर साह का मकान बन रहा है जिसमे बाईस लोग कार्य कर रहे थे मकान निर्माण में कुछ लापरवाही की वजह से यह हादसा हो गया जिसमें ठेकेदार हरिचंद सहित एक दर्जन लोग दबकर घायल हो गए घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का